आदमी का जिसमें क्या है जिसमें सदा कहा एक मीटी की इमारत, एक मिट्टी का मकान खून का गरा बनाया ईट जिसमें हड्डिया चंद सात सौ पेले खड़ा है ये खयाल आत्मा मौत की पुरजोरी आंधी जब इससे टकराएगी एक ये मारत था जो अब खाक में मिल जाए जब जाएगा यहाँ से कोई पास नहीं होगा दो गजे कफन का फन का टुकड़ा तेरा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा विवाद होगा कंधे से धर ले जाएँंगे परिवार तेरे कान पे धर ले जाएँगे परिवार सार तेरे जमपुर में पकड़ के डालेंगे पे चुनपेरे जमपूरी में पकड़ के डालेंगे तुल पे पहरे पीते अपनी छाती पीते गे अपनी छाती सुनवा उदास होगा तो जफन का टुकड़ा तेरा लिवास हो दो गज कपन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा चुन चुन के लकड़ियों रखें जे तेरे बदन को सुन चुन के लकड़ियों पे रखें जे तेरे बदन को आकर के चट उठाएगा मै तेरे कफन को आकर के चट उठाए मेतर तेरे कफन को दे देंगे आगे तुल में दे आज कुछ मे बेटा जो पास होगा दो गज कपन का टुकड़ा तेरा निवास होगा दो गज कपन का टुकड़ा तेरा लिवास जाएगा जब यहाँ से कोई बात नहीं होगा दो गज कफन का टुकड़ा मेरा लिवास होगा दो गजे कफन का टुकड़ा मीठी में मिलमिटी बाकी किता हो मीठी में मिलमिटी बाकी किता होगी सोने तेरी काया जले करे के राख होगी सोने तेरी काया जले करे के राख होगी दुनिया को क्या तू देगा दुनिया को क्या तू रेगा मरे घटे निवास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास होगा जाएगा जब यहाँ कोई पास नहीं होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा हरी का नाम जपले भवसे पार होगा हरी का नाम जपले भ से पार होगा माया मुँह से बच करे जीवन अमोल होगा माया मुँह से बच करे जीवन अमोल होगा हरी का नाम जपले हरी का नाम जपले बेड़ा पार होगा दो गजे तो का टुकड़ा तेरा लिवास होगा जालेगा जबरा कोई पास नहीं होगा दो गज का का टुकड़ा तेरा विवास होगा दो गज का का टुकड़ा तेरा लिवात होगा